के उलझने बढ़ती गई मैं झेलता रहा वक्त ने मैदान में उतारा मैं खेलता रहा के उलझने बढ़ती गई मैं झेलता रहा वक्त ने मैदान में उतारा मैं खेलता रहा और लोग